हेलो एवरीबडी दिस इज डॉक्टर मिताली फ्रॉम एक्टिव प्लस गुड़गांव आज हमारे साथ मिस्टर पार्थ है 10 10 दिन से इनका हमारे साथ ट्रीटमेंट चल रहा है मिस्टर uh, साइटिका से uh, गुजर रहे थे और ये साइटिका की दिक्कत इनको लास्ट टू इयर्स से थी जिसकी वजह से ये अपना डे टू डे एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे थे एंड यूज फॉर ऑफ पेन जैसा कि आप जानते ही हैं कि साइटिका होता क्या है बेसिकली आपकी डिस्क जो आपकी रीढ़ की हड्डियों के बीच में होती है जब वो बाहर निकल जाती है पीछे की तरफ और आपकी नसों को दबाने लगती है जो आपके पैरों को सप्लाई कर रही है तो आपको साइटिका की दिक्कत हो सकती है विथ द्रीटमेंट दैट मिस्टर पार्थ गेटिंग नाउ एब्सोल्यूटली फाइन अब हमने इनको बस एक मेंटेनेंस रिजीम में रखा हुआ है जिसको अगर ये करते रहेंगे तो कभी कभी भी इनको का वापस नहीं नहीं होगा। कैसा फील फील फील कर कर रहे हैं? बहुत अच्छा अच्छा रहा मैं। लास्ट करा और दो साल से मैंने को है, भी ज़िए ज़िए भी कोई ऐसा नहीं चीजें तो मैंने नहीं किया हर जगह ट्राई किया Guys, please share this video with everybody and let people know about अबाउट एक्टिव प्लस बिकॉज यू आर हेल्पिंग पीपल आउट हियर एंड फॉर पीपल लाइक मिस्टर पार्ट जो साइटिका से गुजर रहे हैं प्लीज आए और अपना ट्रीटमेंट उसके साथ साथ और मेंटेनंस प्रोटोकॉल हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ करें ताकि आपकी हेल्थ बनी रहे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर वीडियो ताकि ये वीडियो मिस्टर पार्ट जैसे और भी लोगों को दिखे और वो हेल्प के लिए आ सकें थैंक यू